सिद्धिगंज पुलिस ने चोरी हुए ट्रैक्टर को कुछ ही घंटों में ऑपरेशन चलाकर ट्रैक्टर को ढूंढ निकाला सिद्धिगंज थाने में आकाश सिंह ने ट्रैक्टर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मैं अवस्थी के निर्देश पर टीम गठित की गई और ट्रैक्टर की सर्चिंग की जा रही थी जानकारी के अनुसार धर्मपुरी बीट के घने जंगल में सर्चिंग के दौरान झाड़ियों में ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दिया फिर फिलहाल ट्रैक्टर विभाग के चौकीदार और बीट प्रभारी नाकेदार के पास जब्त कर सिद्धिगंज थाने लाया गया बताया जा रहा है की जंगल में ट्रैक्टर अज्ञात खड़ा हुआ था जिसके बाद ट्रैक्टर को थाने लाया गया इस दौरान थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर प्रधान आरक्षक अशोक यादव सहित स्टाफ के अधिकारी मौजूद हम रहे हमने ये रामपुर डेम के पास में धर्मपुरी के जंगल में सर्चिंग के दौरान मतलब